झुठ बोलो बार बार यू बोलो जूर बोलो, बार बार झुठ बोलो जूर बोलो चू बोलो चू बोलो बोलो और जोर जोर से बोलो तभी बोल सकते हैं सब झुठ बोलो जहाँ भी बोल सकते हैं सब झुठ बोलो जितनी बार बोल सकते हैं सब झुठ बोलो बोलो तो जीद बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो